वर्ग और वर्गमूल स्क्स एंड स्क्वायेर कक्षा आठ के लिए वाई एन एस एस आई बॉम्बे वर्ग क्या होता है किसी संख्या को अगर खुद से गुना कर दें तो उसे वर्ग कहते हैं और उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं उदाहरण के लिए दो गुना दो चार होता है चार दो का वर्ग है और दो चार का वर्गमूल तीन गुना तीन नौ होता है नौ तीन का वर्ग है और तीन नौ का वर्गमूल मूल पाँच गुना पाँच पच्चीस होता है पच्चीस पाँच का वर्ग है और पाँच पच्चीस का वर्गमूल मूल वर्ग का क्या उपयोग है अगर हमें एक वर्ग आकार का क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसके सिरे को खुद से गुना कर देते हैं उसी प्रकार अगर हमें एक वर्ग आकार का क्षेत्रफल पता है और हमें उसके सिरे की लंबाई निकालनी है तो हम उस वर्गाकार के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं उदाहरण तो के लिए यह एक वर्ग आकार है जिसके सिरे की लंबाई 5 सेमी है इस वर्गाकार का क्षेत्रफल इसके सिरे को खुद से गुना करने पर मिलेगा अर्थात इस वर्गाकार का क्षेत्रफल पाँच गुना पाँच बराबर पच्चीस वर्ग सेमी है उसी प्रकार अगर हमें पता होता कि इस वर्गाकार का क्षेत्रफल पच्चीस सेमी है तो हम इसके सिरे की लंबाई निकाल सकते थे क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 पाँच होता है वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ जानकारी हमें पता है कि छाछतीस होता है तो छत्तीस छ का वर्गमूल है माइनस छा माइनस छ छत्तीस होता है तो -६ भी ३६ का वर्गमूल है इसी प्रकार किसी भी धनात्मक या पॉजिटिव संख्या का दो वर्गमूल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के युजात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स होते हैं इधर ३६ के दो वर्गमूल है छ और माइनस छ और माइनस छ एक दूसरे के योजात्मक प्रतिलोम हैं किसी भी संख्या के धनात्मक वर्गमूल को स्क्वायर रूट के चिन्ह से दर्शाते हैं हमें पता है कि छ गुना छ छत्तीस होता है तो हम लिख सकते हैं कि छत्तीस का वर्गमूल मूल के बराबर होता है उसी प्रकार ऋणात्मक संख्याओं के लिए माइनस वर्गमूल का उपयोग किया जाता है माइनस छुना माइनस छ बराबर छत्तीस हम लिख सकते हैं कि माइनस वर्गमूल मूल बराबर माइनस छ पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं उदाहरण के लिए 100 चार सोलह चौसठ नौ ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि इनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं सौ का वर्गमूल दस होता है चार का दो सोलह का चार चौंसठ का आठ और नौ का तीन वर्गमूल निकालने के तरीके ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या ना हो उनका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है एक तरीका त्रिकोण से है यह एक त्रिकोण है जिसके बाजू ए बी की लंबाई चार सेमी और बी सी की लंबाई चार सेमी है पाइथागोरस के प्रमेय से हमें पता है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर चार का वर्ग और चार का वर्ग एसी का वर्ग बराबर सोलह और सोलह एसी का वर्ग बराबर बत्तीस ए बराबर बत्तीस का वर्गमूल अब हम ए की लंबाई एक रूलर से मापेंगे ए की लंबाई बत्तीस के वर्गमूल के लगभग बराबर होगी अब हम वर्गमूल निकालने का एक और तरीका देखेंगे जो ज्यादा सटीक है हम उदाहरण के लिए बीस का वर्गमूल निकालेंगे हम यहाँ पर बीस दशमलव शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य लिख देंगे क्योंकि 20 और बीस दशमलव शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य बराबर होते हैं अब हम दशमलव से दो दो की जोड़ियाँ बनाएँगे 20 से छोटी सबसे बड़ी वर्ग संख्या 16 होती है और 16 का वर्गमूल 4 होता है इसीलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे हमें 4 ऊपर भी लिखना होगा हम 20 में से 16 घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा हमें इधर वापस से 4 लिखना होगा और इन दोनों को जोड़ना होगा चार और चार आठ होता है अब हम इन दोनों शून्य को नीचे ले आएंगे अब हमें इन दोनों बक्सों में सबसे बड़ी ऐसी संख्या लिखनी है जब हम इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो हमें चार सौ से छोटी संख्या मिलेगी ऐसी संख्या चार है तो हम इधर चार लिख देंगे हमें इधर भी चार लिखना होगा क्योंकि हम दशमलव के आगे चले गए हैं तो हमें इधर दशमलव लगाना पड़ेगा चौरासी और चार को गुनाह करने पे तीन सौ छत्तीस मिलता है हम तीन सौ छत्तीस घटा देंगे चार सौ में से हमें मिलेगा चौसठ चौरासी और चार जोड़ने पे अट्ठासी होता है हम दोबारा दो शून्य नीचे ले आएंगे अब हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें 6400 से छोटी संख्या मिलेगी ऐसी संख्या सात है आठ और सात को गुना करने पर 6209 मिलता है छः हज़ार चार सौ में से छः घटाने पर हमें मिलता है एक क्योंकि हमने यहाँ पर सात लिखा था तो हम इधर भी सात लिखेंगे इस प्रकार हमें 20 का वर्गमूल मिल गया है 20 का वर्गमूल चार दशमलव चार सात है 20 का वर्गमूल बराबर चार दशमलव चार सात